Today we are going to discuss about the pollution. What is pollution? If uh, we go to the uh, the origin of the word of the pollution, the word pollution is derived from the Latin word that is pollinium, which means to make dirty. So, Latin mein kisi bhi cheez ko dirty agar uh, karna ho, that Latinik uh, jo hai ancient world ki language hai, to wahi se derived hoa hai pollution word. हाउर इट इज़ नॉट इनिशियली स्टार्टिंग में जब ये वर्ड आया था तो ये एनवायरमेंट का रेफरेंस में यूज नहीं होता था तो बेसिकली जब ये इन uh, जनरल जब अब ये जो एनवायरमेंट में ये जो वर्ड यूज हो गया इसका मतलब इट रेफर्स द प्रजेंस ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल जो कॉन्स्टिटेंट्स है इन और चाहे वो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट जो होते हैं चाहे फिजिकल हो बायलॉजिकल हो और केमिकल हो तो जैसे फिजिकल कंपोनेंट्स मीनस टम्परेचर जो होता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया किसी भी इन्वामेंटल uh, कंडीशन में चाहे वाटर में एयर में या और भी किसी टाइप ऑफ स्फीयर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया विल बी कॉल्ड अ थर्मल पोलूशन तो ये एक फिजिकल टाइप ऑफ पलूशन है लाइक इसमें जैसे वाटर में पोलूशन इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ सर्टन पैरामीटर्स चाहे वो पी एच हो डि हो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जो ऑर्गेनिक पोलूटेंट्स की वजह से होता है एंड वेरियस अदर्स वैसे ही बायोलॉजिकल जो पोलूटन पैथोजन वगैरह होते हैं एयर एंड वाटर टू सम Uh, of the environmentalist polluting the environment can feel an awful lot of uh, like polluting our souls means ki ek environment ka jo kuch log hote hain they are well connected uh, with the environment not physically or biologically but also mentally culturally and uh, socially this the environment ke sath connected hote hain agar wo type of environment pollute hota hai then they feel that soul their souls are polluted By certain kind of undesirable बाई सटन कामिकल फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनवाटल कॉन्स्टुट लाइक एयर वाटर सॉइल जिसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं ऑन प्लान and एनिमल्स एंड ऑल्सो ऑन ह्यूमन बींगस तो ये था कि वर्ल्ड पोल्यूशन कहाँ से आया बट अगर हम देखेंगे कि पोल्यूशन का सोर्स क्या होता है वॉट source of pollution बेसड ऑन की पोल्यूशन कैसे डिस्चार्ज होता है इन आवर फिजिकल इन्वामेंट फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट दे कैन भी कैटेगोराइज एज पॉइंट सोर्स और एज नॉन पॉइंट सोर्स पोलूटें so सो आई वही कि पोलुटेंट्स को बेस्ड ऑन द ऑरिजन कहाँ से या डिस्चार्ज के बेसिस पे जो एनवारे हैंट कैन वॉल पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स अब पॉइंट सोर्स एक uh, वो पोलूट होता है जो एयर में जाता है वाटर में या कोई अदर so, uh, जो टाइप्स ऑफ पोल है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजीली Uh, एक पर्टिकुलर पाथवे से या एक पर्टिकुलर आउटलेट से वो एनवामेंट में चला जाता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हैं ये वाली ये एक वाटर बॉडी है जिसमें किसी और आ, से गंदा पानी आ रहा है डिस्चार्ज हो रहा है तो एक पॉइंट सोर्स है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह से आ रहा है तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं ज्वाइन नहीं हो रहा है मैं एडमिट करता हूं तो, तो ये है पॉइंट सोर्स कि जिसको हम एक पर्टिकुलर लोकेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं चाहे हमारे रिवर्स लेक्स में जो गंदा पानी जाता है फ्रॉम ड्रेन से उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको हम ईजिली मैनेज कर सकते हैं मीन्स ट्रीट कर सकते हैं सिमिलरली जैस जैसे एयर में पोल्यूटेंट जाते हैं चुमनी से जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहाँ से दुआ निकलता है गैसेस निकलते हैं तो उसको हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वी कैन मैनेज डेट तो सेकंड जो टाइप uh, होता है वो होता है नॉन पॉइंट सोर्स नॉन पॉइंट सोर्स होता है जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते पोल्यूशन इन टर्म्स यूज दिसकाई पोलूशन रिजल्ट फ्राम मेरी डिफ्यूज काइंड होता है मीन जैसे uh, हमने किसी पैड़ी uh, फील्ड में पेस्टसाइड्स लगाए फर्टिलाइजर्स लगाए फॉर एग्ज़ाम्पल और uh, बारिश हो गई तो बारिश के बाद जिसमें वो ओवरफ्लो होता है पानी का वो बह जाता है एंड दैन इट गोल्स टू रिसीविंग वाटर बॉडीज़ उसके डिफरेंट काइंड ऑफ जो हो, हो सकते हैं इन्ेक्ट्स वो कहाँ से जाएगा किसी भी वाटर uh, बॉडी में वो हम ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो बहुत ही डिफ्यूज होता है तो इसमें uh, इसमें बेसिकली जैसे लैंड रन ऑफ जो मैं कह रहा था किसी भी लैंड से पानी बह जाता है प्रेसपिटेशन से बारिश होती है एटमॉस्फेरिक डिपोजिशंस एटमॉस्फेरिक डिपोजिशंस होते हैं जैसे एसिड रेन होता है एसिड रेन दो टाइप्स के होते हैं वेट डिपोजिशन ड्राई डिपोजिशन अगर वेट होगा मींस विद रेनफॉल अगर ड्राई होगा पार्टिकलेट मेटल्स वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं तो इसको हम आइडेंटिफाई uh, नहीं कर सकते कि कहाँ से आया कितना आया एंड वी कैन मैनेज दैट ड्रेनेज सीपेज सीपेज होता है अगर भी किसी भी ड्रेन uh, में पानी होता है वो उसके जो वॉल्स होते हैं या बॉटम्स होते हैं वहाँ से वो जो है जो है ग्राउंड वाटर में चला जाता है सरह चुगस वो नीचे चला जाता है खुद तो ऐसे ही uh, जो है ये पॉइंट सोर्स नॉन पॉइंट सोर्स हर किसी टाइप ऑफ पोल्यूटेंट के लिए हो सकते हैं चाहे एयर के लिए अब एयर में कैसे हो सकता है फॉर एग्जांपल आप नाइट्रोस ऑक्साइड एक है हमने फील्ड्स में या खेत में हम लगाते हैं ये फर्टिलाइजर्स वगैरह वो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस की वजह से वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोस ऑक्साइड वो चला जाता है हवा में तो हम इसको ईजीली मैनेज नहीं कर सकते ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं तो यहाँ पर एक पिक्चर है एक डिफ्यूज सोर्स क्या हो सकता है ऐसे ही बहुत सारे जो हो सकता है ये लोकेशंस जहाँ से ये पानी किसी भी रिसिविंग वाटर बॉडी में जा सकता है बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर आउटलेट से किसी भी वाटर बॉडी में या अगर यहाँ चुमी वगैरह है तो उसकी ज़रिए हवा में जा सकता है गंदगी टाइप्स ऑफ पल्यूटेंट्स अब बेस्ड ऑन नेचर पल्यूटन का नेचर किस टाइप का है देखिएटेगोराइज एज प्राइमरी पोलूटेंट्स और सेकेंडरी पोलूट्स अब प्रायमरी पोल्यूटेंट्स क्या होता है कि जैसे वो किसी भी सोर्स से निकलते हैं वो अपनी फॉर्म या अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते वो रिएक्शन नहीं करते फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है किसी भी सोर्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है बाई द बर्निंग ऑफ द कोल यूजली सल्फर डाईऑक्साइड कोल की बर्निंग से निकलता है तो ये जब हवा में चला जाता है इट गेट्स मिक्सड विद रेन वाटर एंड ये डिपॉजिट हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एज एन एसट्रे तो इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती रिएक्शन नहीं करता है किसी और गैस से या पोल से मींस दे की तो इेस्पेक्ट ऑफ दैट द से पोलूटेंट दे प्राइमरी पोल जब मॉडिफाई होते हैं रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ प्रजेंस ऑफ सर्टन जैसे सनलाइट हो सकती है या कोई भी ऐसी उनके लिए तो वो pollutants change होते हैं नाइट्रक्साइड हाइड्रोकार रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं फोटोकमिकली मीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नाइट्रस ऑक्साइड एंड जो है वो ओजून बना सकते हैं वैसे ही अल्डिहाइड्स और uh, ओजोन बना सकते हैं अल्टिहाइड्स बना सकते हैं पर ऑक्सटाइल नाइट्रेट बना सकते हैं इफ़ यू आर आस्क इन एग्जामिनेशन इज ओजोन ए सेकेंडरी पोलूटन और प्राइमरी पोलूटन तो आपको आंसर लिखना है ओजोन इज ए से पोलूट जो भी पर्टिकुलरली इन समर्स दोपहर के टाइम पाँच से बारह से दो बजे के आसपास जो भी सिग्नल्स होती हैं बड़े बड़े जो भी हैवी ट्रैफिक रोड्स होते हैं जहाँ पे धुआं निकलता है में से हाइड्रोकार से निकलता है वो रिएक्ट करता है विद नाइट्रस एंड वो बनाता है ओजोन तो जो भी सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे ओज़ोन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है क्योंकि सनलाइट इसके लिए जो है है सनलाइट से वो रिएक्ट करते हैं आपस में है। वैसे ही जैसे स्मोक वगैरह बनता है दिस इज़लो से तो इस टाइप के एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इस कार्बन डाईक्साइडरी प्रायमरी पोलूटन अब यहाँ पे कुछ पोलूटेंट्स प्राइमरी पोलूटन भी है एंड सेकेंडरी पोलूटेंट भी है जैसे ओजोन ओजोन इज प्राइमरी पोलूट एंड सेकेंडरी पोलूटन बिकॉज ओजोन इज आल्सो फॉर्म फ्राम समायरेक्टली तो यहाँ पे जो भी टाइप क्वेश्चन है उसकी ऑप्शन होंगी तो उसके हिसाब से आपको उसका आंसर करना पड़ेगा then second category is the types of pollutants based on their degradability wo jab environment mein release hote hai wo ki rate of degradation kaisi hai degrade hote hai ki nahi hote hai that they are uh, categorized as degradable pollutants and non degradable pollutants तो डिग्रेडेबल पोलूटन्स यूजली जो है हार्मलेस होते हैं कोई भी ऐसा पोल्युटन जो निकलता है इन्वॉर्मेंट वो जो डिग्रेड होता है डिकम्पोज दि होता है बाई बरिया और फंज एक्टिनाइसिड से डिकम्पोज हो जाता है और उसको कन्वर्ट करता है इन लेस हारमफुल काइंड ऑफ जो है फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है तो उसको डिग्रेडेबल दि पोलूटन्स कह सकते हैं बट नॉन डिग्रेडेबल पोलूटनस वो होते हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम चाहे वो केमिकली, बायोलॉजिकली या फिजिकली उसको चेंज नहीं कर सकते उसको मीन्स वो डिग्रेड नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक की आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली इन वाटर बॉडीज माइक्रो प्लास्टिक प्लास्टिक जो आँख से भी नज़र नहीं आते दे वाटर तो जो भी उस टाइप ऑफ एनवाट में प्लान प्लाट्स नहीं एनिमल्स जो ग्रो होते हैं दे कैन सफर फ्रॉम दैट प्लास्टिक अगर आप पॉलिथीन को भी रखोगे हजार दो हजार साल भी रखोगे उसको जमीन के नीचे दैट विल बी स्टिल बिकॉज वो डिग्रेड नहीं होता है बट साइंस इज प्रोग्रेसिंग डे बाई डे देर आइडेंटिफाइंगो ऑर्गेजम दे कैन डिग्रेडो प्लास्टिक तो ये था टाइप्स ऑफ पल्यूटें अब uh, जो है पल्यूशन जो हो सकता है दैट कैन भी नैचुरल एज वेल एज एंथ्रोपोजेनिक कोई भी एक्टिविटी जो भी uh, हमारे फिजिकल बायोलॉजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट को चेंज करती हैं दे कैन भी औरिजिन कैन भी बेस्ड ऑन देयर ऑरिजन इट कैन भी एंथ्रोपोजेनिक इट कैन भी नेचुरल तो नेचुरल पोल्यूटेंट्स क्या हो सकते हैं जैसे वाइल्ड फायरस होते हैं नॉर्मली लाइटिंग की वजह से या ट्रीज़ की जो है फ्रिक्शन की वजह से जब भी कोई भी गना फॉरेस्ट होता है डेंस फॉरेस्ट होता है उसमें विंड्स की वजह से ट्रीज़ के ट्रंक्स या ब्रांच आप उसमें वो रगड़ते हैं उसमें तो उस फ्रिक्शन की वजह से हीट जो जनरेट होती है तो उसकी वजह से फायर हो सकते हैं वाइल्ड हो सकते हैं उसके अलावा Uh, जो है लाइटिंग की वजह से हो सकता है तो फॉरेस्ट फायर से बहुत सारा जो है धुआं निकलता है होल इकोसिस्टम और उसके अलावा वॉलिक्स जो नेचुरली होते हैं लैंडस्लाइड्स होती है इसकी वजह से भी पोल्यूशन हो सकता है बट दीज काइंड वेरी लिमिटेड उसमें नीचे में उसका एक प्रोविजन होता है कि वो उसको खुद चेंज करता है कैसे दिस काइंड ऑफ़ जो पोल्यूशन दिस आर पार्ट ऑफ सक्सेशन सेकेंडरी एंड प्राइमरी सक्सेशन बिकॉज किसी भी टाइप ऑफ नेचर ने ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म रखा है अगर भी किसी भी जगह कोई ऐसा चेंज चेंजानी होती है तो नेचर ने इसको उस तरीके से चेंज करना होता है तो जैसे फॉरेस्ट वो पूरी कम्युनिटी वाइप आउट होती है वहाँ से दूसरी कम्युनिटी आती है तो ये उतना इम्पेक्ट नहीं रहता है Total environment but जो anthropogenic activities है for example जो भी हम इंडस्ट्रलाइजेशन uh, करते हैं natural resources को निकालते हैं deforestation करते हैं smoking, stone crushing, fossil fuel burning ये सब जो है anthropogenic source of pollution है they create uh, many types of uh, this, uh, different uh, जो है टाइप्स ऑफ एनवाइस जैसे अगर एटमोसफेयर में पोलूटन करेंगे पोलूशन अगर हाइड्रोसफेयर में करेंगे that will water pollution अगर सॉयल में करेंगे सॉयल पोलूशन थर्मल पोलूशन भी होता है because of increase in the temperature. and marine pollution in basically in the oceans noise pollution जो sound वगैरह होता है पर्टिकुलरली इन सिटीज एंड industrial areas कि वहाँ पे level of uh, noise कितना होगा एंड लेटेस्ट वन इज़ अ रेडियो एक्टिव पोलूशन तो ये localized होता है अब इसमें ये वाला जीव ये जो पहले तीन है these are most important तो so, air pollution जो होता है this is global concern जो भी हमारा किसी भी country से कोई भी pollution निकलेगा might it might be carbon dioxide, सल्फर dioxide और particulate matter मैटर बहुत टाइप्स ऑफ एयर पोलूट्स है तो so, ये डिफ्यूज़ हो है इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट और ये फैल जाते हैं टू अदर कंट्रीज आल्सो डेट मेक्स इट अ ग्लोबल कंसर्न ठीक है तो ये पूरे डिफरेंट कंट्रीज चाहे फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंट्री में अगर फॉरेस्ट बर्निंग ज़्यादा हो रही है look, तो ये एक ग्लोबल कंसर्न है एयर पोलूशन इज ए ग्लोबल कंसर्न दैन वाटर पोलूशन इट इज ए रीजनल कंसर्न वाटर पोल्यूशन एक रीजनल कंसर्न क्यों है क्योंकि उतना Connected, to, for example, Kashmir में अगर pollution होगा दैट पोलूशन वील ट्रैवल जम्मू फॉर एग्जाम्पल या फिर पाकिस्तान चला जाएगा मींस एक रीजन में एक सब कॉन्टीनेंट में ये प्रॉब्लम है या चाहे कोई भी अपर कैचमेंट एरिया में पोलूशन हो जाएगा तो लोअर कैचमेंट एरियाज में उसका जो है इम्पैक्ट मीन्स इट इज़ अ रीजनल प्रॉब्लम एयर पोलूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम वाटर पोलूशन इज अ रीजनल प्रॉब्लम एंड सॉइल पोलूशन इज अ लोकल प्रॉब्लम सॉइल पोलूशन मीन्स कि किसी भी मोहल्ले में कोई भी सॉइल uh, पोल्यूशन की वजह हो सकती है चाहे वो गंदा पानी है या कोई सॉल्ड वेस्ट आपने वहाँ पे डंप किया है दैट कैन बी सोर्स ऑफ द सॉइल पोलूशन तो ये तीन इंपॉर्टेंट है uh, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में एयर पोल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम वाटर पोल्यूशन इज ए रीजनल प्रॉब्लम एंड सॉइल पोल्यूशन इज ए लोकल प्रॉब्लम उसके अलावा ये वाले जो अदर पोलूशन है दीज आर नॉट देप्रेड ये लोकलाइज्ड किसी एरिया में हो सकते हैं हैं पोल्यूशन डिपेंडिंग डेंसिटी ऑफ़ ऑफ़ कितने लोग रहते व्हाट एक्टिविटीज डूइंग तो उसके तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन अबाउट पोल्यूशन खत्म होता है नाउ We will be uh, discussing uh, the particular types of pollution. For example, air pollution. We'll first discuss it. So, air pollution. What is it? So, air is essential for life. Why is it essential for life? For example, uh, plants, so have animals, have microorganisms. All of them need air. It is very essential. We cannot live uh, more than five minutes if air is vanished. एयर में क्या होता है एयर में होता है ऑक्सीजन 21% वन परसेंट दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ आर एनिमल्स प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड इट इज एन एक कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक फिजिकल एनवायरमेंट जो उसका सराउंडिंग है दैट इज़ आल्सो कंपोज्ड ऑफ द एटमोसफियर तो उस, उसके अलावा हमने पहली क्लास में भी पढ़ा है कि एटमोसफियर कि जो डिस्टिंगट चार लेयर्स है फॉर एग्जाम्पल प्रोपोसफियर लोअर जिसमें जितनी भी वेदर कंडीशन होती हैं दैन स्ट्रेटोसफियर जिसमें ओजून होता है जनविजोसफियर है थर्मोसफियर अब इन सारे ये जो ये जो एयर है इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट जो स्लड uh, है दैट इज़ अबाउट पोल्यूशन अब एयर पोल्यूशन पे अगर हम डिस्कस करेंगे नॉर्मली ये स्लाइड पहले आनी चाहिए थी तो नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है दैट आर नाइट्रोजन इज सेवेंटी एंड ऑक्सीजन इज अराउंड ट्वेंटी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 जीरो थ्री बट राइट नाउ इट इज 0.04 जीरो फोर परसेंट एंडर गैसेज लाइक कार्बन मोनाक्साइड हो सकता है सल्फर डाई हाइड्रोजन वाटर वेपर्सेंट उसके अलावा अदर कैसे जैसे क्रिप्टॉन जी और मीथियन सल्फर डाइऑक्साइड तो ये भी वेरी करते हैं बट दीज थ्री आर मोर इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली इस कंसनट्रेशन में अवेलेबल होते हैं बट अगर कोई भी ऐसा कॉन्स्ट्यूंट चेंज किसी भी uh, इसके अलावा कोई भी अदर कॉन्स्टूट हवा में आ जाएगा that can be called the polluted so that can be harmful for the human life vegetation animals and overall for the environment ab ye substances kis tarah ke ho sakte hai? i need mean, to say the air pollutants they can be the fly ash fly ash kya hota hai uh, jab hum coal wager burn karte hai to coal burning ke sath wo jab coal burn hota hai usme ash ash par surchwana to wo hawa mein aa jata hai particulate matter ki surchme That can be दैट कैन बी पार्टिकुलेट मैटर विदमीट फाइव मिलीमीटर्स और टेन मिलीमीटर्स तो ये हमारे नेजर ट्रैक्स में जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है आ जाता हैन बी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स लाइक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन तो सल्फर के ऑक्साइड्स डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं जिसको सॉक्स बोलते हैं एस ओ एक्स सॉक्स and नाइट्रोजन uh, nitrogen के ऑक्साइड्स हो सकते हैं दैट कैन बी नाइट्रस ऑक्साइड दाई नाइट्रोजन oxide और nitric oxide तो उसको NOx बोलते हैं NOx NOx that it can be also in the form of noise ऑफ नॉइज हवा में ही आता है नॉइज ट्रेवल होता है वैक्यूम में तो नहीं होता है दैन इट कैन बी ऑल्सो द फॉर्म ऑफ हीट जो हम आगे बताएंगे कि थर्मल इन्वर्शन क्या होता है हीट की वजह से तो एयर पोल्यूशन कंसिस्टेंस ऑफ ऑल लिक्विड गैसेज एंड सॉल्ट प्रजेंट इन द एटमोसफियर जो भी हार्मफुल लेवल है थ्रेश होल्ड होता है किसी भी पोल्यूटन का अगर उस थ्रेश होल्ड से उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई harmful for the. Uh, we are more concerned about about humans um, than the plants and other animals. तो पहले ह्यूमस पे ही हम उसका जो impact measure करते हैं तो उसके लिए फिर हम जो थ्रेश कंसंट्रेशन किस आ, लेवल की होनी चाहिए वो फिर हम नोटिफाई करते हैं डिफरेंट एजेंसीज़ हैं फॉर एग्जांपल इंडिया की अपनी आ, जो है क्राइटीरियाज़ है पोल्यूटेंट्स के किस कंसंट्रेशन में होनी चाहिए हवा में एन डब्ल्यू एच यू के अलग है यू एस ए अलग है अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग अपने हिसाब से रिलैक्शन के हिसाब बनाए हैं तो देखो यहाँ पे पिक्चर में भी जितने हैं डायरेक्टली जितनेक्टली ट्रैक में चले जाएंगे कैन वेरियस ऑन द हेल्थ नाउ जो एयर पोलूटेंट्स है ये बहुत टाइप्स के हो सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया गया है कि एयर पोलूट्स इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकारुलरली निकलते हैं फ्रॉम द वहीकल पोलूशन कैन भी कार्बन मोनाक्साइड कार्बन डाईक्साइड सल्फर डाईक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड तो ये दो मिलाते सॉक्स बनाते हाइड्रोजन भी हो सकता है पोलूटन दैनस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रक्साइड पार्टिकुल मैटर टू पॉइंट फाइव एंड पार्टिकुल मैटर 10, दैन लेड जिंक मॉर्क्री क्रोमियम एंड क्लोरोबन एंड स्मोक तो ये जितने भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं पोलूट्स दे आर द वेरी हार्मुलट्रेशन इज मोर दैन थ्रैश अलग अलग पोल्यूटेंट्स uh, के अलग अलग इंपैक्ट्स हैं, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो अब सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? तो पहले ही हमने सोर्स ऑफ एयर पोलूशन में दो कैटेगरीज uh, में डिस्कस किया था पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स हो सकते हैं एंड देन दे कैन बी एंडट्रेंट एंड सेकेंडरी आल्सो नेचुरल और उसके अलावा जितने भी पलूटेंट ज़्यादा निकलते हैं दे निकलते हैं दे कम टू द एटमोसफियर बाई एंथ्रोपोजनिक प्रोसेस तो कार्बन मोनाक्साइड की बात करते हैं यहाँ पर कार्बन डाइक्साइड uh, का जो सोर्स है दैट इजली दर्निंग बर्निंग होती है <coughs> किसी भी uh, क्या बोलते है इसको चाहे बायोमास है कोल है तो उसकी वजह से भी फॉसल uh, फ्यूअल्स की बर्निंग की वजह से भी निकलता है कार्बन मोनाक्साइड एटमोसफियर तो ये इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है ये ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसकी जो एफिनिटी है टेंडेंसी टू मेक द बॉन्ड विद हीमोग्लोबिन इज मोर देन 200 टाइम्स देन द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। मींस कि जितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है या रेट करता है उससे 200 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी है कार्बन मोनॉक्साइड को रिएक्शन करने की हेमोग्लोबिन के साथ तो ये क्या करता है हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन डिक्रीज करता है ग्रेजुअली जो है डेथ होती है किसी भी ऑर्गेनिजम की तो अगर किसी भी घर में हम क्लोज चैम्बर में कोई भी आग वगैरह जलाते हैं जैसे यहाँ पे दिखाया गया चासेज इंक्रीज इन दंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनऑक्साइड तो इस फिलहाल तो हम इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे and then, Next we will be uh, next lecture में हम डिस्कस करेंगे वॉट आर द इम्पैक्ट ऑफ दीजेंट्स ऑन प्लाट्स एंड एनिमल्स वो इन डिटेल हम पढ़ेंगे बट फिलहाल हम सोर्स के बारे में पढ़ेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो बनाता है फोटोकेमिकल स्मोक भी तो इसका जो सोर्स है मेन सोर्स दैट इज़ बर्निंग ऑफ कैजोलिन तो इसमें क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड अल्ट्रा रेडिएशन के साथ रिएक्शन करके ओजोन एंड नाइट्रेट्स बनाता है बेसिकली वहीकल्स से जो धुआँ निकलता है तो इसका कलर जो होता है येलोश ब्राउन का और स्मेल इसकी स्वीट होती है नाइट्र नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की तो उसके बाद सल्फर डाई बेसिकली इंडस्ट्री से निकलता है कोल्ड बर्निंग से तो जो भी कोल फायरिंग इंडस्ट्री है या थर्मल वॉट प्लाट्स है जहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो ये भी आ, ये रिएक्शन करता है अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन में सनलाइट होनी चाहिए फिर ओजोन बनाता है सल्फेट्स बनाता है तो इसके अलावा ये सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है विद वाटर जो रेन वाटर है उसके साथ रिएक्शन करता है एंड दैन इट स्टार्ट एसिड रेन एसिड्रेन मीनस के जो पीएच एच है फाइव है रेन का उससे कम अगर उसका पीएच हो गया देट विल बी कॉल्ड इन एसिड रेन तो टू बी पीएच एच ओर मीन दैट इज टू एसिडिक तो यहाँ पे जब बर्निंग ऑफ कोल से निकलता है इट कैन अब ये स्मोक भी प्रोड्यूस करता है उसमें भी टाइप से ऑक्सीडेटिंग उकसदे, स्मोक रिड्यूसिंग स्मोक वो भी हम आगे डेटे डिस्कस करते हैं तो इसमें ग्रे ईयर स्मोक सा कलर होता है कलर ऑफ बाई सूप मीन्स कि जो थोड़ा सा वो आ, सूटी जैसा जो उसका होता है तो सल्फर एंड नाइट्रोसऑक्साइड जब दोनों मिलते हैं पानी के साथ रेन वाटर के साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली हमारे रेन वाटर का पीएच कम क्यों होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो वो तो नॉर्मल है वो तो वो... बट जब ये वाली दो गैसेज की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो एसिड की कंसनट्रेशन भी इंक्रीज होती है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कंट्रीब्यूट करता है ये जो 5.6 नॉर्मल पीएच है ये डिक्रीज हो जाता है तो इसमें फिर जो भी लाइमस्टोन से बने होंगे इमारतें या कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है मार्बल वगैरह से जो है ताजमहल होता है तो वो रिएक्शन करता है इस एसिड के साथ तो उसकी डिफॉर्मेशन हो जाती है वो तो फिर तो ये इसका जो है इंडिया में प्रोफाइल जो है कि स्टेट में एसिड जो है सल्फर डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो एसिड ट्रेन की भी कंसनट्रेशन वहाँ तो पे ज़्यादा होगी तो यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट बंगाल झारखंड तो यही एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल माइनिंग होती है तो ये इट कैन भी रिलेटेड कि जहाँ पर कोल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है वहाँ पर कंजपशन भी ज़्यादा होती होगी और वहाँ पर सल्फर डाई आक्साइड ज़्यादा निकलती होगी तो इसके अलावा जो है ह्यूमन रेस्परेटरी इलनेस क्रिएट करता है लीड लीज ट फ्राम दाइप एंड वाटर मतलब जब भी एसिड uh, जो सॉइल में गिरता है उसका पी भी पी चेंज होता है वहाँ से भी जो हार्मुल मेटल्स होते हैं वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाते हैं तो प्लांट्स उसको जो है एबजॉर्ब कर सकते हैं फ्राम देर रूट्स एंड इट कैन भी लीवस एंडर शूट पार्ट ऑफ द प्लान तो बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकता है तो एसिड uh, की वजह से लीक्स में जो अलमिनियम वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हैवी मेटल्स है वो अवेलेबल हो जाते हैं एसिडिक कंडीशन में सॉयल एंड वाटर उसके अलावा प्लांट्स में वीकनेस होती है कंपोजिशन ऑफ मॉस कंपटीशन विद द मॉसेस मींस ये बेसिकली एसिड कंडीशन में कुछ बैक्टीरिया uh, वगैरह पंजे वगैरह एक्टिवेट हो जाते हैं एसिडिक कंडीशन में तो इन लीचिंग ऑफ मिनरल्स लीचिंग क्या होता है कि अपर लेयर से लोअर लेयर्स में जो मिनरल्स है परकुलेट हो जाते हैं तो वो क्या होता है प्लांट्स के रूट्स के लिए वो अनअवेलेबल हो जाते हैं मीन्स वो दैट सॉइल गेट्स इनफर्टाइल एज यू नो द ओजोन इज ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज गुड ओजोन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन द Altitude of that ozone is around eleven to twenty-five kilometers. In between eleven to twenty-five kilometers, so that is called good ozone because it filters the ultraviolet radiation and it only allows ultraviolet A radiation. That is uh, beneficial for the production of vitamin D three uh, from uh, the skin, and it gets accumulated and it's very good for the bones and uh, that is beneficial and it filters the ultraviolet radiation b and c because they have high frequency and high energy and that can cause genetic modifications genetic mutations and uh, it causes various impacts on humans like cancer grief of hair skin cancer kind of diseases and also it has impacts on the plants and animals and uh, and also on the infrastructure but uh, if we talk about the bad ozone that is called the tropospheric ozone because in most of uh, the exams you will be asked what are the types of ozone then you have to uh, mention the good ozone and bad ozone that is stratospheric and uh, tropospheric ozone so the ground level ozone is also called bad ozone or tropospheric ozone that is produced because of the burning of the fossil, fossil fuels and is also produced by the reaction in presence of ultraviolet radiation <coughs> in presence of the hydrocarbons and nitrogen oxide in produces ozone nitrogen oxide is mainly produced by the vehicles as you can see in the picture the Uh, volatile organic carbons or hydrocarbons then get uh, reacted with uh, nitrous oxide or nitric oxide or dinitrogen oxide, which we collectively call nitrous or uh, NOx. Then, in presence of sunlight, which is basically the ultraviolet radiation, then it gets uh, reaction and it changes into and produces the ozone. And this ozone is very uh, harmful for the plants and animals. who are living on the earth basically in the troposphere so the main health impacts of the ground level ozone are the chest pain coughing throat irritation congestion chest congestion basically and uh, if any person is uh, uh, having uh, the respiratory disease like bronchitis or asthma these diseases get worse by the ozone presence of ozone in the troposphere so these are the uh, health impacts of the ground level ozone but uh, besides that there is uh, the environmental damage also it damages leaves it causes chlorosis of means basically discoloration of the green leaves and uh, and that consequently and uh, subsequently uh, leads to the uh, reduction in the crop yields and another uh, pollutant is lead lead is basically uh, that is a source of uh, uh, industrial source waste in incineration Incinerator, incinerators means that burn the waste products like the daily uh, products which are uh, accumulated or which are produced from the household or industries which we burn to produce the electricity besides that uh, It is also present in the coal and uh, it gets into the atmosphere from that industrial sources and uh, uh, also some uh, vehicles are using the tetraethyl lead to increase the efficiency of burning of the petrol or diesel so by the combustion of the petrol or diesel or gasoline that also leads to the release of the lead into the atmosphere so when it uh, gets back into the atmosphere it uh, it is a toxic and it uh, gets accumulated in the bones it uh, produces neurological or uh, nephrological diseases neurological means it attacks the brain or cerebral system of humans and also kidney nephrological system it uh, damages the kidneys it uh, impacts the immune system and reproductive system so these are the impacts of uh, in uh, brief what are the sources and impacts of the lead then uh, another uh, pollutant is that we call particulate matter it's basically uh, the burning of the coal uh, if we call if we uh, talk about the anthropogenic the anthropogenic sources of the particulate matter basically comes from the vehicles also and it also comes from the fossil fuels burning of the fossil fuels maybe in the industries maybe commercially domestically or in the vehicles or industries coal is uh, coal from coal from uh, diesel from other fuels also uh, the particulate matter is produces besides that the dust which is uh, produced if we if we can uh, see or if you have observed uh like in the countries which have less rainfall uh they have uh, less dust in the atmosphere like indian uh, subcontinent which receives main uh, rainfall in the month of june to september so there is uh, like 120 days of uh, rainfall in india so it supports lot of uh, vegetation so biodiversity station plants grow and uh, later on they die but uh, with the roots which grow in the soil they make the soil loose and subsequently because of the wind that dust gets transported from one location to another location and it adds to the particulate matter in the atmosphere unlike in other countries where rainfall is less like the gulf countries the sand quantity is more but the dust is less so the uh, the loose kind of soil is less in there, uh, beside the besides uh, the sand because sand cannot be, uh, be suspended in the it cannot uh, suspend it uh, cannot uh, like travel from farther locations it stays in the atmosphere only for a moment but the dust which have the particulate size less than 10 mm like uh, or 10 micrometers that is thickness of a uh, here Or two point five millimeters, so it can be suspended into the atmosphere for a longer period of time. So <clears throat> that uh, leads to the accumulation of the particulate matter in our respiratory tract by when we breathe. So that also produces some uh, health impacts like lung irritation because in dust there are other pathogens also uh, because uh, the dust surface. Uh, the particular surface carries various kinds of toxicants that might be chemical or biological so it creates lung irritation reduces visibility if it can go in our eyes it can reduce the visibility and it can alter the nutrition balance and damage the crops because uh, when uh, the dust they carry the nutrients also from one location to another location by the wind so it can damage the crops how can it damage the crops when the dust settle on the surface of the leaves it reduce the photosynthesis and the yield of the crops decrease or they die because of lack of uh, sunlight the another impact of uh, the pollutants is the thermal inversion basically uh, there are two kinds of parcels of air in atmosphere one is cool another is warm a warm parcel is lighter than the cold parcel so settle nahi hota hai niche it travels uh, to the higher elevations so the cold parcel of air patch of air it's kind of stable and heavy it settles down on the surface uh, of land so the pollutants gets trapped in there so the cool air is down and the warm air is up so it's called a thermal inversion The pollutants will not get mixed with the uh, hot air, or it will not be transferred to the further location. So there is a dilution in the pollutants of uh, in the pollutants uh, in the atmosphere. So that is a thermal inversion. Means this patch is cold air. It has the uh, pollutants in it because of the thermal inversion. this this parcel get settled down and it will not be trans uh, put it from uh, to another locations same like in here and this phenomenon is mostly observed in winters because in winters the land is colder so this patch will not be uh, warmed by the uh, land or the sunlight is also less so the thermal inversion is more prominent in the winters so the pollution air pollution problem is more common inventors you can see uh, also inventors there is in after the autumn season the harvesting season in india particularly in indian uh, northern plains indo-gangetic plains and there is a harvesting of wheat the particularly in the states of punjab haryana and uttar pradesh they burn the crop residues the crop residues are produced in uh, lots of quantity they cannot manage or feed to the cattle and they cannot store that kind of uh crop residue so they burn it so that they can prepare their land for next crop so when the burning of the crop residues happens it produces particulate matter and that uh, particulate matter smoke and other uh, pollutants and it gets transported to other locations like plain areas like delhi which uh, witnesses very harsh kind of pollution particularly in india and because of that they have introduced the odd even scheme the vehicles which have the last digit uh, uh, maybe it is all, uh, odd so can run on odd days and uh, even can run on even days so this was brief introduction about the various pollutants but how can we reduce these pollutants how can we detect so if the if we talk about the carbon monoxide it is an odorless gas we cannot detect it by the nose So we have to install carbon monoxide detectors at home, so that we uh, have the proper ventilation at home. Likewise, uh, nitrogen oxides we can uh, reduce them by installing catalytic converters. Like in vehicles, we use platinum, platinum uh, catalyst, uh, plat. I think platinum or plutonium as something like catalytic uh, converter, which convert the nitrous oxide into the nitrogen and so that they uh, will not add the nitrous nitrogen oxides to the uh, atmosphere similarly uh, in uh, in big industries which use fossil fuels or uh, coal as a source of energy we can install scrubbers on the smoke stacks where the smoke releases uh, is released into the atmosphere So basically, the scrubbers are of two types, uh, maybe that or dry. We will be discussing that detail. How can we control various pollutions by various uh, means strategies? So here, I want to tell you in brief. We can install scrubbers, maybe a chemical, maybe a water, or it can burn the gas at the top of the stake. Then ozone, it is also uh, controlled by. Uh, reducing the amount of nitrogen oxide because ozone is mainly uh, produced by when nitrogen oxides react uh, reaction with the uh, volatile organic carbons or hydrocarbons which are also released by the vehicles so if we control this nitrogen oxide automatically we can control the ozone also so let we have to use unleaded petrol unleaded ga gasoline to so we have to enhance or we have to replace our old Uh, vehicles which have uh, two stroke engines basically the auto rickshaw they use tetraethyl lead uh, that green kind of liquid when they uh, uh, fuel uh, refuel their tanks at the petrol station they uh, use that kind of green kind of liquid that is called tetraethyl lead so uh, that can be replaced by uh, four stroke engines and then we no, need not to use that that right tile that so by that we can control the lead pollution into that atmosphere sandali particulate matter sepre mines like uh, if you uh, see there are washries in uh, big big uh, uh, thermal power plants which uh, basically make the coal wet so that, that it cannot produce more dust and also for when the coal is uh, burning in in the furnace so they also uh, control the ashes which gets released from the smokestack basically by spraying water or uh, using the bag filters or there are many uh, methods electronic precipitators are used gravity uh, gravitation settlers are used so we will be discussing that in detail so next is uh, what are the impacts of the air pollution on health because it is also a part of the um, first we uh, discussed about the source of air pollution now what are the consequences of air pollution so uh, air pollution may be indoor as well as outdoor so indoor pollution is how some kind of products which are uh, used at home they also create an air pollution like uh, the burning of uh, fuel like wood cow dung cakes or coal which can be used at domestic level or uh, maybe the presence of some biological agents like uh, in some uh, houses the rooms are not well ventilated so the uh, walls are damp and they give a damp kind of smell and uh, that will be presence of uh, spores and that can create various kind of diseases and allergies that is also a indoor kind of pollution and most common Uh, which almost happen in every household. That is a cigarette smoking. Uh, one of the family members might be smoking, like your brother, father, or any guest which come at home. They can be smoking, uh, and uh, the smoke of the cigarette have thousands of hydrocarbons like benzene, benzpyrene. That is the carcinogenic. That is also in indoor pollution and uh, other kind of uh, the. like glass manufacturing industry as a stress industry cotton industry that also produce some kind of uh, the fibers which can suspended into the air and get trapped in the nasal tract that also uh, serves as a <clears throat> indoor pollution then aerosols and deodorants that deodorants we use at home uh, they also can cause the allergies and need uh, to the air pollution indoor air pollution Then uh, some kind of uh, rubber baked carpets, uh, some carpets uh, we use that releases uh, the dust which contains cadmium that is also a heavy metal and that can also create a problem. Then plyboards that have formaldehyde pollution. So these are all indoor uh, pollutions which can impact. Like the outdoor pollution, we don't have. much to do about that uh, in at individual level but for indoor pollution we can do a lot to control uh, like the things i have mentioned uh, how can we control these uh, and how, what are the types of uh, the indoor pollutions and there is uh, a similar strategy how can we control like uh, we should have a proper ventilation at home we should uh, stop cigarette smoking and uh, we should have a separate kind of if we are using uh, industry like cotton industry or asbestos yeah flour mills or uh, glass industries that can cause his uh, health they should be in proper ventilation besides that uh, the indoor pollution some specific uh, pollutants that creates a problem like tobacco smoking that i have already, already discussed it Biological agents, volatile organic carbons like uh, the deodorants and other kind of perfumes we use may be the allergen. They can cause headache, nausea, a lot of loss of coordination. Formaldehyde I have discussed is present in uh, present in the uh, plywood. Uh, in case it can cause eye irritation, nose, and cause allergy in some people. in besides that uh, radon it is uh, basically used in the construction uh, like it is already present in the soil and rocks and when we construct a house it gets accumulated in our walls and it also can release the radiations and the, that if the concentration of radon increases it can cause lung cancer and ozone i have tell it can cause eye itching burning uh, or watering of the eyes And it can also cause respiratory disorders like asthma, and uh, it lowers our resistance to cold and pneumonia. Means our resistance or immunity towards cold and pneumonia is decreased by the ozone. Means if uh, COVID-19 patient is exposed to the ozone, his or her death is inevitable. So he uh, he or she can die instantaneously. so besides that the nitric oxides of nitrogen is susceptible to respiratory distress particularly in others then uh, here carbon monoxide uh, i have discussed earlier also it has uh, 210 times more affinity to get binding with the hemoglobin so it can uh, reduce the oxygen supply to the vital organs like brain uh, which can cause instantaneous death and is Can cause cardiovascular system arrest and means cardio cardiac arrest, and it can uh, it can uh, have a problem with the developing fetus in the pregnant ladies, and uh, also sulfur dioxide, which I have mentioned, like the health effects beside the producing the acid rain, it can cause wheezing, lung disorders, shortening of breath, and uh, if. the combination of sulfur dioxide is uh, with the particulate matter suspended particulate matter it can aggregate the problem this are uh, is a table basically which i have told all is summarized in the table what are the mean uh, pollutants what are uh, their physical and chemical characteristics and uh, what are their sources and what are their health impacts and overall uh, on larger level what impacts they can produce like carbon monoxide it can cause headache reduction in mental alertness heart attack cardiovascular diseases impaired fetal uh, development and death because uh, you should uh, be uh, learning these questions in very detail because uh, recently um, the entrance pg entrance exam is going on uh, for the uh, university of kashmir and these questions are commonly asked because environmental studies is a uh, part of every entrance test 10 percent questions will be asked in any might it be uh, for the arts commerce or medical non medical agar aap arts ke bhi hai then you also have to study the environmental science environmental studies because these questions are general knowledge questions so <clears throat> what are the impacts of the carbon monoxide and uh, it can also lead to the formation of smoke sulfur dioxide eye irritation wheezing that i have on discussed and then um, nitrogen uh, oxides dioxides it can also cause lung and respiratory uh, like uh, symptoms like coughing chest pain difficulty in breathing and ozone is also similar to the nitrogen oxide lead it can cause anemia uh, reduction in the hemoglobin and uh, lowering of blood pressure high blood pressure It can increase the blood pressure, brain, kidney, and nephrological damages, and it reduces the IQ of a person. Particulate matter it can cause irritation, asthma, bronchitis. These are the health impacts of the various pollutants. The last few slides which I want to discuss about you, <coughs> there are two types of smoke. Smoke is uh, smoke plus fog. When these two mix up. They produce smoke. There are two types of smoke. First is industrial smoke, that is source from the burning of coal and oil, that contains basically sulfur, sulfur dioxide. So it mainly consists of sulfur dioxide, sulfur trioxide, soot, ash, particulate matter, and sulfuric acid, and uh, basically it is a concoction of various chemicals. So it is very dangerous. besides having the physical impacts like it impairs the visibility it reduces the visibility it has also other uh, impacts it <laughs> causes breathing difficulties in humans plus it's a drain damage plants and aquatic system so metal uh, monuments or stone objects and the uh, it have been um, common problem in london and uh, chicago in uh, industrial smoke so how can we reduce using alkaline scrubbers uh, alkaline species basically which have lower ph like containing the calcium and magnesium so which can uh, react with the uh, sulfur dioxide like calcium uh, uh, calcium uh, when reacts with the sulfur dioxide produce kind of uh, which is a product of, in the marble calcium uh, sulfur hydroxide and also uh, electronic precipitators uh, can be used by uh, capturing the particulate matter that can reduce the production of the smoke another is a photochemical smoke it's basically the products which are released like volatile organic carbons hydrocarbon nitrous oxide which is released from the automobiles and it mainly contains nitrous oxides or ozone al alkenes uh, uh, peroxy peroxy style nitrate and other hundreds of substances so what are the impacts of pan basically pan is all the the the chemicals which produce uh, this peroxyacyl nitrates and it can cause watering of eyes damage plants ozone that also uh, the concentration of ozone is also very high in photochemical smog and it can cause eye irritation degrades rubber and plant basically ozone when gets reacted with the rubber it damages the rubber and it uh, can cause ausmo is trade so in industrial smoke the major, major component is sulfur dioxide and in photochemical smoke major component is nitrogen oxides you should remember this and uh, first it was observed uh, in los angeles in 1940s and in manila mexico city And it can also be uh, reduced by using catalytic converters, which reduce the nitrogen oxide to nitrogen. And उससे क्या होता है? It reduces the production of NOx and creates more carbon monoxide and hydrocarbons. Means when we uh, convert this nitrogen oxide to nitrogen, it reduces the production of NOx, but it creates more carbon monoxide and hydrocarbons because. <clears throat> it leads decreases the capacity of an engine to burn the uh, this uh, fuel efficiently